Yes, अब आपको ये आ, ये नजर आ रहा है ईसीजी की की स्लाइड जो मैंने शेयर है। yes, yes, है। यस यस सर। सर। ठीक अच्छा इसके एंड में ना नुकान हो जाए फिर बात करता हूँ आज का कैसे छोटा ही लेक्चर होती है ओके okay जी अब आप लोग चैट में मुझे मैसेज कर सकते हैं फिलहाल मैंने आपको म्यूट किया है तो इफ़ समबडी वांट्स टू आस्क मी अ क्वेश्चन तो आप उसमें मुझे इंडिकेट करोगे तो मैं आपका वो माइक खोल दूँगा ठीक है अच्छा मेरी फर्स्ट टाइम है ये मैं क्लास ले रहा हूँ जूम पे इससे पहले जी जी बेटा मैं साथ साथ कर रहा हूँ इससे पहले मैंने यूट्यूब पर ही लिया है सारे मामला लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आपसे डायरेक्ट ये पावर पॉइंट पर ही बात हो मेरा ये भी बेहतर चीज़ है लेट्स फाइंड आउट बेटर ठीक है तो तहरीन आपको आवाज आ रही है बेटे बच्चों को मैं शुरू करूँ क्योंकि मैं एक्चुअली ये सारा कुछ नया है ना तो आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को आवाज़ आवाज आ रही है ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नजर आ रही है आप लोगों को या नहीं ज़रा मुझे डायरेक्ट क्लेफाई कर दो ओके okay. Great, fine. Fine. I can see that. Fine. Um, in case attendance तो वो कह रहे थे कि चैट पे ही अटेंडेंस आप ले रहे और वो सेफली अपेरेंटली हो जाती है चूज राइट और राइट तो स्पॉटलाइट. ओके. सो हमने आज बेसिकली सिर्फ ये ही एक स्लाइड डिस्कस करनी है यही नॉर्मल ईसीजी है यही हमने डिस्कस करना है ठीक है और ई uh, से आपका फाला क्लिनिकल साइड पे पड़ेगा ठीक है तो इससे आपको थोड़ा सा क्या कहना चाहिए वेल होना चाहिए ठीक है तो हमने कार्डिक साइकिल कर लिया था और कार्डिक साइकिल थी कि एट्रिया डीपोलराइज होते हैं और फिर एवी डिले एवी नोड पर डिले के बाद वेंट्रिकल्स डीपोलराइज दोनों डीपोलराइजेशन के साथ साथ ही ATA जब होता है है तो उसके बाद बाद थोड़ी देर थो करता है। और जो मेट्रिकलराइज होता है थोड़ी देर के बाद वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है ठीक है और इन दोनों इवेंट्स के बाद यानी एटीआई जब डीपोलराइज होगा तो आ, अच्छा ऑब्वियसलीट इन कहा से करना है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है ओके, सो बेटे सारे टाइम पे नहीं आ सकते 120 पे आप एंटर हो रहे हो व्हाट आर यू एक बीस पे आपने क्या एंटर होके कर लेना है आप पहले ऑलरेडी क्लास लेट है ठीक है अब मैं अभी फिलहाल और एडमिट नहीं करूंगा आई डोंट वांट टू बी डिस्ट्रैक्टेड ये मैं इस, इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा वो बाजर खुद देख लेना ठीक है आई जस्ट वॉन्ट टू कंप्लीट ई सी तो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि जो इलेक्ट्रिकल इवेंट है वो फिजिकल इवेंट होता है कॉन्ट्रेक्शन होती है ये बात हमने कर ली है और कॉन्ट्रेक्शन जब हो चुकी भी होती है उतनी देर में एक दूसरा इलेक्ट्रिकल इवेंट आ जाता है जिसको रीपोलराइजेशन कहते हैं और रीपोलराइजेशन जो होती है उसके बाद और उसके साथ ही रात वो जो मसल है वो रिलैक्स कर जाता है ठीक है अब ई क्या चीज है ई इस डीपोलराइजेशन और इस रीपोलराइजेशन को वो करता है दिखाता है आपको इस इस फॉर्म में, ये ये जो वाली फॉर्म है ना ये इलेक्ट्रिकल मॉनिटर होता है इसी चीज वो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स को मॉनिटर करता है ये बात आपने याद रखनी है ठीक है अब इससे बेटे क्या क्या है इसमें पी वेव है ये देखो पी वेब ये आपको मेरा ये जो रेड बटन सा है ये नजर आ रहा है मूव uh, होता हुआ ये ये ओके ओके थैंक यू सो ये पी वेव बेटे ठीक है पी वेव हो भी उसके बाद एक आइसो इलेक्ट्रिक मिस्बा डेट है कमाल हो गया चलो पी वेव के बाद एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है एक फ्लैट लाइन है ठीक है वो ये है जहां मेरा कर्सर है ठीक है उसके बाद जराबेली एक क्यू एस कॉम्प्लेक्स बनता है ठीक है टी के बाद आइसो लाइन आती है फिर एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है जिसके बाद फिर से लाइन फ्लैट होती है और जिसके बाद आखिरी जो इसका कंपोनेंट है वो है टी वेव जैसे आपको नजर आ रहा है ठीक है यहां तक ठीक है ये वो ये वो उसकी वेव्स हैं, नॉर्मल वेवस है एक नॉर्मल ईसीजी ठीक है अच्छा अब कौन सी वेव के पीछे क्या चीज छुपी हुई पी वेव पी वेव के पीछे एट्रियल डीपोलराइजेशन और यहां देखें नाम भी लिखा हुआ है एट्रिया डीपोलराइज होते हैं बिफोर कॉन्ट्रेक्शन ऑब्वियसली कॉन्ट्रेक्शन के लिए ही हम डीपोलराइज करवा रहे हैं ठीक है सो so, पी वेव इज ड्यू टू एट्रियल डी ठीक है उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्यू कॉम्प्लेक्स क्या है एस कॉम्प्लेक्स बनता है जब वेंट्रिकल्स डीपोलराइज करते हैं ठीक है तो ये जो अजीब सी वेब है क्यूअरएस ये वेंट्रिकल्स की वजह से बनती है, और उसके थोड़ी देर बाद ये जो टी वेव है, ये जो है, वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन वेंट्रिकल की रिपोलराइजेशन की वजह से बन जाती है यहां तक चाहिए वॉइस नहीं आ रही है तो आ रही है बेटे मैं पूरा यहां पर शो क्लियरली शो हो रहा है निम्रा नीड टू चेक योर सिस्टम ठीक है बस ठीक है वो निम्रा का मसला होगा बेचारी का वो उसको कहो कि वो ठीक है सो देखो अच्छा जी ये जो मैंने आपको तीन चीजें अभी बताई हैं ये क्लियर है पी वेव क्यू आर एस और टी वे ये तीन चीजें ठीक है समझ में आनी चाहिए ये पता याद होना चाहिए और ये क्वेश्चंस आते हैं ठीक है ओके, okay. अब एक सवाल ये उठता है कि P wave is atrial depolarization, तो वेंट्रिकल की डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन दोनों शो हो रही हैं लेकिन एट्रिया की रीपोलराइजेशन शो नहीं होगी ये सवाल है ना मतलब ऐसा सवाल बेटा जी अटेंडेंस अटेंडेंस को की जान छोड़ दो मिनट के लिए पहले पढ़ लो लग जाएगी बच्चे आज आज आ आ गए गए हैं हैं मुझे पता है है बच्चे बच्चे और सारा ज़हीर फाम्दी, फाम्दी वोकन आग, और सारा फाइनली अप एंड शी वेलकम बेटे आई हैव नो आइडिया इतने अचानक कहा वेव वेव जो डीपोलराइजेशन है तो इसकी रीपोलराइजेशन किधर होती है कि इसकी वेव किधर तो उसका जवाब बेटा जी ये है कि इसकी रीपोलराइजेशन इधर कहीं होती है ये जो ये नजर आ रहा है कर्सर मेरा इधर कहीं होती है लेकिन मसला ये है कि उसके वो जब हो रही होती है ना जब हो रही होती है निमरा बेटे इसको वही बात है ना यूट्यूब पर मेरा बच्चा डाल दूंगा आप उसको दोबारा से देख लेना कोई इशू सवाल भी अगर आपके हों तो आप YouTube के जो वीडियो की जगह है वहां पे नीचे आप सवाल भेज देना आप परेशान मत अच्छा तो एट्रियन रिपोलराइजेशन सुमैया कितना पढ़ लेगी तो एट्रियन रीपोलराइजेशन क्यू आर कॉम्प्लेक्स के अंदर दब जाती है के पीछे दब जाती है आप समझे क्यू आर कॉम्प्लेक्स जब बनता है, बड़े होते है ना साइज में तो जब वो डीपोलराइज होते हैं तो वो आप समझो कि वो एक टहलका मच जाता है पूरे हाथ इलेक्ट्रिकली बड़े होते हैं बड़े, बड़ा स्ट्रक्चर है। तो अगर आप क्यू आर एस कॉम्पेक्स को थियोरेटिकली स्पीक ऐसी बात कर रहे हैं अगर आप यहाँ से हटा दें तो फिर आपको यहाँ पे एक डाउनवर्डन नजर आएगी जो रिपोलराइजेशन की होगी में एट्रियल रीपोलराइजेशन नजर नहीं आती यहां तक ठीक है सवाल कर लो बेटे मुझसे पूछ लो सवाल जो भी सवा, सवाल पूछने हैं अगर यहां तक जो लेक्चर है ठीक है ओके और अगर वो कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं दो चीजें आपको बता देता हूं एक है पी आर इंटरवल पी आर अगर आर का यहां तक लाइन खींच दें तकरीबन आप समझो पी क्यू भी कह सकते हो पी आर भी कह सकते हो जो ये इंटरवल है ना जिसको इसने लिखा हुआ है पी आर इंटरवल पी आर इंटरवल इसमें पी वेर पूरी आ जाती है और ये जो आइसोलेटेड लाइन है ये भी आ जाती है ठीक है इसे कहते हैं बेटे पी आर इंटरवल जैसे लेबल किया राइट जो तो पी आर इंटरवल है मैं इसको थोड़ा सा पूछते हुए मैंने रिकॉर्डिंग बहुत की हुई है लेकिन लाइव लेक्चर के दौरान मैंने इस तरह की बात नहीं की यू आर माई फर्स्ट क्लास डब्बा नजर आ गया वेरी गुड तो ये डब्बा जो मैंने लगाया है ना ये है पी आर इंटरवल ठीक है अच्छा जी की क्या खासियत है की खासियत ये है कि यह ना सिर्फ पी वेव यानी पो, है बल्कि वाली जो सेगमेंट है ना ये, ये जो आइसो लाइन है ये इसको भी इंक्लूड करता है ठीक है अब ये आइसो लाइन क्यों है यहां पर पहले बता चुका हूं मजा आ जाए किसी बच्चे को याद हो तो फ्लैट फ्लैट लाइन, लाइन क्यों है एसीजी इलेक्ट्रिकली कुछ, कुछ नहीं हो रहा हाँ जी नहीं हो रहा सहर, एवी क्या बेटे? पूरी बात होता चलो शुक्र शुक्र तो है आप लोगों को याद है चलो शुक्र अलहमद गुड वेरी गुड तो क्या होता है कि इस डबे ये जो डब्बा मैंने बना दिया इधर इसके दौरान ये जो फ्लैट लाइन इसलिए है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज नहीं हो रही हार्ट में बल्कि कार्डियक कार्डियम्पल्स अभी एवी नोड से गुजर रही है ठीक है तो इस दौरान कार्डिक जो वेव है इस दौरान कार्डिक वेव एवी नोट से गुजर रही है और जैसे ही वो वहां से निकलती है वो थड़ाव से जो है वो बैट्रिकल्स को डिपोलराइज करती है और वो कीम्प्लेक्स ऑटोमेटिकली बन जाता है तो पी आर इंटरवल की सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें इट्स अगर आप याद रखना इट इस पी वेव यानी एट्रियल प्लस नोडल नोडल डिले या ऑफ़ थ्रू नोड। इन दोनों चीजों के, के के एडिशन को आप यह इंटरवल कहते हैं ठीक है ओके अतिया लास्ट मिनट चलो ओके okay, ये बात हो गई अब इसके बाद जनाबे अली आप ये देखिए ये क्या चीज है ये एस सेगमेंटेशन लिखा है और एस सेगमेंट एक्चुअली एस सेगमेंट सॉरी एस सेगमेंट ये ठीक है ये एस सेगमेंट है इसमें जो आपने याद रखने वाली चीज है वो ये है कि जब भी हार्ट ट्रैक होता है या नहीं याद मैं रिवर्सबल होता है स्कीमिया का मतलब है कि अभी अभी ब्लड फ्लो बंद किया गया है और इन्फॉक्शन का मतलब यह है कि स्कीमिया इतना लंबा खींच दिया गया है कि वो जो जगह थी जहा ब्लड फ्लो रोका गया वो डेडी हो गया ठीक है तो इस आ, ए फ्लैट लाइन की इंपॉर्टेंस ये है कि आ, ये बेटे ये फ्लैट लाइन इसलिए है कि आप इधर भी कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऐसा ज्यादा नहीं है इधर डीपोलराइजेशन हुई है और अभी रिपोलराइजेशन हो, होना चाहती है तो एक थोड़ी सी प्लेट लाइन बन जाती है आप उसको इस तरह से याद कर रहे ठीक है मैं इसकी इंपोर्टेंस बताने लगा था कि मायोकार्ड स्कीमिया या इन्फॉक्शन सबसे पहले इधर नजर आता सबसे पहले एस सेगमेंट की यह एक इंपॉर्टेंस है कि एस सेगमेंट या तो ऊपर चली जाती है या नीचे चली जा जाती है यानी हम कहते हैं एस सेगमेंट या एलिवेट हो गई है या एस सेगमेंट डिप्रेस हो गई है ठीक है इन दोनों सूरतों का मतलब यह है कि गड़बड़ हुई है या स्कीमिया हुआ है अभी फ्रेश हुआ है ज्यादातर फ्रेश स्कीमिया में यह एलिवेट होगी या ये या डिप्रेस हो जाएगी ठीक है यह एस सेगमेंट की इंपॉर्टेंस का मैं बता चुका हूं कि वो एट्रियल रिपोर्टेशन होती है अब आ, यू वेव, आ, आप इसको रहने दें। यू वेव, एक देंटेंट फाइंडिंग है कभी कभार होती है और की की वजह से होती है। आ, आ, necessary for you। उसके बाद ये बेटे एक अच्छी सी एक टेबल है जिसमें सारी चीजें जो है वो आ, बता दी गई हैं। ठीक है इसको भी आप आराम से याद कर सकते हो इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं क्यूटी इंटरवल उसको रहने देना एसटी सेगमेंट तक पढ़ लेना इसको पी क्यूआरएस पीआर पी इंटरवल एसटी सेगमेंट ठीक है और इसमें जो इंटरवल याद रखने वाला है जो अगर कुछ और ना करो एक चीज को याद रखो तो आपको पी इंटरवल की वैल्यू बताओ नीचे ठीक है पी इंटरवल की वैल्यू 0.12 वैसे ये 0.16 के राउंड होती है एवरेज लेकिन ये 0.12 भी हो सकती है और ये 0.2 तक जा सकती है एवरेज ये 0.16 है ठीक है तो 0.12 से नीचे और 0.2 से ऊपर एब हो जाती है फिर इसमें मसले शुरू हो जाते हैं ठीक है थीके? ये इसकी एवरेज है एवरेज आप बस 0.16 अगर याद रख लो तो वो भी ठीक है